तो फॉर्मेटिंग ट्रिक्स आज का हमारा ये पार्ट है फॉर्मेटिंग ट्रिक्स में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपने ऑफिस में फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं तो जैसे आ, अपने एक्सेल में ही मैं बात करता हूं कि मैं अगर यहां पे लिखता हूं टेंस देने के बाद एंटर मारता हूं तो टी जो है एक ही साथ सिमिलर रहता है बट जब आप बात करें इसके अंदर वर्ड uh, वर्ड के अंदर तो में आपका ये ये जो टीएच है ऊपर चला जाता है तो यहाँ हम फॉर्मेट सेल में आते हैं और फॉर्मेट सेल में आने के बाद हम यहाँ सुपर स्क्रिप्ट करते हैं जी हाँ सुपर स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट करके मैंने एंटर एंटरपेज किया तो आप देखेंगे कि आपका ऊपर चला गया जैसे मुझे टेन डिग्री लिखना है तो वन जीरो करो सिलेक्ट करो अगर फॉर्मेट सेल में जाता हूं और यहां सुपर स्किप करता हूं तो क्या होता है इस तरह हो जाता है लेकिन मैं बात कर रहा हूं फॉर्मेटिंग ट्रिक्स का कोई द्रिक्स तो है नहीं मेरे पास उस तरह तरह के नंबर्स है, मुझे मुझे तरह है। है और मुझे मुझे इसको डिग्री डिग्री डिग्री 85 66 इस करूंगा तो छोटी सी प्रॉब्लम होती है पूरा का पूरा सेल ऊपर जाता है मुझे पूरा का पूरा ऊपर सेल लेके नहीं जाना है ठीक है तो पूरा का पूरा सेल लेके नहीं जाना है तो कैसे होगा तो उसके लिए हम एक विजुलाइजेशन या हिंदी में कहिए छलावा तैयार करेंगे हम बगल वाले सेल में वो लिखेंगे वो को नीचे ड्रैग करते हैं और फिर इसको हम यहां से यहां तक सेलेक्ट करके इसको राइट क्लिक राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और इसके अंदर हम बॉर्डर पे आते हैं हमने बॉर्डर लिया और ऊपर नीचे साइड में अप में और बीच में ए वाले जो बॉर्डर है ए आम ही देंगे देन ओके हो गया और इसको और बेटर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे इसकी बैकग्राउंड कलर को व्हाइट कर देंगे अब इसको हम कुछ सेलेक्ट करते हैं राइट क्लिक करते हैं फॉर्मेट सेल में जाते हैं और यहां हमारे पास इसमें फ़ॉन्ट के अंदर सुपर स्क्रिप्ट होता है इस सुपर स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लिया ठीक है सर <स्थ> ले सर सर खाली लास्ट के दो दो स्टेप्स रिपीट कीजिए ना ना प्लीज जो बॉर्डर वाला था ना? हमने क्या हाँ. किया हमने एक, एक अलग सेल में को लिख दिया अब हमें इस तरह से इसको विजुलाइज करना है कि अलग अलग सेल नहीं एक ही सेल समझे बाहर से गो. देखने में इस तरह से लगना चाहिए तो हमने सिलेक्ट करके हमने बॉर्डर अप्लाई किया क्या अप्लाई किया बॉर्डर तो बॉर्डर में सारा बॉर्डर दिया लेकिन जो बीच वाला बॉर्डर होता है ना मतलब जो कॉलम डी और ई को सेगरेट करने वाला सेपरेट करने वाला बॉर्डर होता है इस बॉर्डर को मैंने नहीं दिया okay कर दिया hmm. हो गया क्लियर okay. है सर yes, sir. अब इसके इसको अब यहाँ पे गिर लाइन दिख रहा है तो आप पेज लेआउट में जाके गिरलाइन को हटा दीजिए ये अच्छा दिखेगा आप बाकी सबका नहीं हटाना चाहते तो इसको और इसकी जो जो जो है है वो कर उसके बाद आपका जीरो दिख रहा है इन जीरो को लीजिए यार पे फॉर्मेट से और इसके अंदर फॉन्ट में जाके सुपर कर दीजिए ताकि ऊपर चला जाएगा और बेटर दिखाने के लिए इसको इस साइड में में और टॉप कर यस यस सर हाँ yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सेम चिट्टो है एकदम बराबर बट सर ये हर बार हमें मैन्युअली करना पड़ेगा सबके लिए मतलब जैसे अगर जीरो हो गया किसी टाइप से करना पड़ेगा जी, जी। फॉर्मेटिंग जो होती है वो मोस्टली मैनुअल होता है उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है वो मोस्टली मैनुअल ही की जाती है okay. और फॉर्मेटिंग बार बार करने की चीज भी नहीं वो एक ही बार रिपोर्ट में की जाती है बस सर मेरा डाउट ये था कि बी टू में जो टेंथ आपने लिखा है तो वैसे भी सही दिख रहा है ना उसमें क्या बोल है मतलब उसमें क्यों हम फॉर्मेटिंग करें जो अपने सुपर स्क्रिप्ट का टाइम एनेबल किया था ना में मैं बात ये तो सही है समझ गया लेकिन कहने मतलब मुझे सब पे अप्लाई करना है ना अगर डेटा आपको हजार दो हजार होगा तो एक एक करना तो मुश्किल हो जाएगी ना आपको सर तो पेंट ब्रश से नहीं होगा सर जी पेंट ब्रश से नहीं होगा आप चीजें समझ नहीं पा यहाँ जब सुपरस्क्रिप्ट होता है ना वो एक करेक्टर को सिलेक्ट करके होता है ओके ओके अगर पेंट, पेंट ब्रश करके करेंगे तो देखा नहीं होगा हम्म तो ये जो जो सुपर की तो फॉर्मेटिंग है वो एक करेक्टर पे अप्लाई है ना कि पूरे सिस्टम पे सेल पे ओके। सेल पे सेल सेल सेल सॉरी नॉरी हम्म समझे समझिए समझिए ठीक है, है इसलिए मुझे यहां करना पड़ा सरी, uh, like, में में लाइक किस टाइप डाटा काम आ सकता है? जैसे कि कि कि ये ये जो चीज़ एग्जांपल मैं मैं आपको दिया इसकी ज़रूरत कहीं नहीं है. मैं एक मतलब कि बता रहा हूं कि नहीं है है एक बता रहा ज़रूरी जो फॉर्मेटिंग दिख रही है, वो में है भी वो एक तरह के विजुलाइज भी हो सकता है नाट इड ग कि मुझे एक यहां पे फॉर्मेटिंग चाहिए राइट मैंने यहां पर एक यहाँ पे मैंने एक, एक कर दिया ब्लैक यहाँ पे ब्लैक कलर कर दी और इसकी टेक्स्ट कलर व्हाइट कर दिया राइट और, और मैं चाहती जो कॉर्नर है ना सर एक कॉर्नर राउंड में होता है होगा राउंड में सर एक नहीं होगा ना क्योंकि हम अपनी हम अपनी इसको सेल को सेल की, की, की सेल को बदल नहीं सकते ना सर करेक्ट लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं हमें विजिलाईज करना है ना इसको तो हम जा रहे हैं यहाँ इंसर्ट में और हम लेते हैं सेल हमने ये साफ शॉप जा रहे हैं लिया और इसको डिजाइन करते हैं कर दिया अब इसकी फिल को मैं यहाँ से नो फिल कर देता हूं और इसकी बॉर्डर को लेता हूँ ब्लैक कलर और इस ब्लैक कलर की जो साइज है ना उसको मोटा करता हूं और उठाता हूं इस पे रखता हूं छोटा करता हूं इसी साइज में कि ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ही हो जाए लेकिन फिर भी अभी नहीं हुआ नहीं। अब रुकिए रुकिए हो जाएगा हो जाएगा मैन इसमें ए, सेब की कलर जो हाई यहाँ पे जो व्रर्थ है व्रथ है मोर लाइंस पे मैं जाऊंगा। अब यहाँ से छः फीट है इसको बढ़ाता हूँ ठीक है सर अब मुझे इस पे टाइप ही तो करना है ना क्या वाइट में कुछ भी टाइप कर वाला सोच के परेशान रहेगा कि भाई कैसे हो रहा है तो बोले वो भी तो सैप लेगा ले अब यहां है क्या है कि अगर आप सैप लेते हैं ना सर कोई तो अगर इस तरह के मान लीजिए मैंने ले लिया मैंने ले लिया सैप तो इसके बीच में इस पे क्लिक करते सिलेक्ट हो जाता है सिलेक्ट हो गया इसके बीच में हम टाइप नहीं कर सकते यहां पर टाइप कर रहे की तरह एक्सेल की तरफ दिख रहा है हुआ? अच्छा अच्छा मतलब सर कहने वाला कि इसमें हमने तो दे दिया जिस का हम नहीं हुआ क्या कि जब मैंने क्या किया यहाँ पे देखिए आप ध्यान से नहीं देख रहे हैं मैंने इसकी फॉर्मेटिंग में फॉर्मेट को मैंने क्या कर दिया नो no फिल अच्छा नो फिल हो जाता है ना तो इसमें हम बीच में टाइप कर सकते हैं लेकिन हमने अब दोनों का कलर मान लीजिए एक कलर इसका कलर मान लीजिए मैं रेड कर दिया कर दिया रेड सॉरी इसकी बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया बॉर्डर कलर रेड कर दिया और यहाँ भी जो कलर है इस कलर को भी मैंने रेड कर दिया तो रेड पे रेड दिखेगा थोड़ी कहाँ पे सेफ है सेफ है और कहाँ पे हमारा सेल कलर क्या सर इस, इसको मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से कर दिया कुछ इस तरह से कर दिया और इसकी, इसकी जो बॉर्डर है इतना इतना बढ़ा बढ़ा दिए, दिए, देखिए, ताकि वो जो कॉर्नर को ले ले अपने अंदर में समझे समझे। अब समझ में आ गया आपको समझ गया सर, वो को एक तरीके से आपने पूरा घेराव कर दिया उसका जी और अंदर हम टाइप कर सकते हैं उसके क्योंकि वो कलर्ड है। कलर हो गया सर क्या समझे सर तो डैशबोर्ड में सभी चीजें जरूरत पड़ती है सर समझे ये तो बता रहा हूं आपको इस, इस तरह की चीजों सोचने पे पर होगा सोचना सोचेंगे आप इसमें इसमें एक हम डिग्री ना इसी नंबर को कॉपी करते हैं कॉपी करके मान लीजिए मैं यहां लगता हूँ इसी पर आता हूँ अब मुझे अगर एक गलत है ये चीज गलत है तो कैसे साबित करूंगा गलत है लो? कैसे बताऊंगा कि गलत गलत गलत है देटा में, देटा में गलत है है है डेटा डेटा में में जो ये 32 जो है गलत है, कैसे बताओगे तो नहीं, नहीं, मुझे, मुझे यहाँ बताना है लोग यहाँ रिमार्क लिखते हैं यही करते हैं, करते हैं। हाँ, ए, इंडिकेट करना है कि ये गलत है ना सर जी सर हाँ अब जैसे मान ली करेक्ट को कोई पैराग्राफ हैं लेते। मैं लेतेट से इंटरनेट से कोई पैराग्राफ लेता राहुल गांधी जी को डालता हूँ मुझे यहाँ टाइप करना है तो यहाँ पे एक एक तो आएगा नहीं हम मर्ज कर लेते हैं और मर्ज में आप डायरेक्ट पेस्ट नहीं कर सकते आपको डबल क्लिक करके पेस्ट करना पड़ेगा इस तरह से ठीक है अब जो है मैंने इसको यहां से रैप कर दिया हो गया अब इसमें जो गलत लिखा हुआ है जैसे मान लीजिए कि इसमें जो मोहम्मद शामी लिखा हुआ है एक गलत है आपके बताना है कि गलत है। तो क्या करेंगे राइट क्लिक फॉर्मेट सेल इसमें एक आता है स्ट्राइक थ्रू तो इसकी फ़ॉन्ट कलर को रेड कर दीजिए और स्ट्राइक थ्रू लगा दीजिए तो बीचे बीचे काट देगा जैसे हम लोग पेन से काटते हैं ना उस तरह से अब किसी को बताने की जरूरत है कि गलत लिखा हुआ है बंदा देखते समझ जाएगा कि गलत है कुछ गलत है क्या चारे चारे नाम गलत लिखा है या फिर पर... कुछ भी गलत जाए जाए है कि यहाँ पे मोह शामिल गलत है तो होना नहीं चाहिए चाहे स्पेलिंग मिस्टेक हो नाम गलत हो या नाम गलत वगैरह वगैरह वगैरह तो क्या डेटा पे कैसे गए डेटा पे अगर हम फॉर्मेट सेल से जाके इसी तरह के स्ट्राइक थ्रू करते हैं तो ये तो दिखेगा ही नहीं सर इतना छोटा हो जाएगा तो इसके लिए हम बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं राइट क्लिक फॉर्मेट सेल। बॉर्डर में गए कलर चूज कर लेते हैं रेड और मोटा वाला बलर चेंज कर लेते हैं और यहां पे इसको लेते हैं यहां पर इसको लेते है। ठीक है सर दिख गया नहीं दिखा पूरा सा सा एक बार थोड़ा सा सा दुबारा से से से से बता देंगे वाला वाला क्या करना राइट क्लिक करें फॉर्मर्स में जाना पे जाना पे जाना बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर पे चूज चूज चूज कीजिए कीजिए कीजिए की बिट यहां से कलर कुछ ऐसा है दुबारा बताने नहीं, नहीं, नहीं, तो दोनों दिख रहे तो F4 का काम है लास्ट एक्शन को रिपीट करना ठीक है सिस्टम का F4 जो होता है F4 फोर एफ लास्ट एक्शन को रिपीट करता है जहां जो जहां पे कर्सर रख के F4 करेंगे ना वहां क्रॉस दे देगा अब राइट का निशान लगाना हो तो कुछ किया जा सकता है हाँ कुछ कर सकते हैं राइट के निशान के लिए हम यहाँ कलर ले लेते हैं ग्रीन मोटा वाला ले लेते हैं यहाँ से और ये सीधा वाला लेते हैं और एक वाला लेते हैं, ठीक है? है? हो गया? जी सर क्लियर क्लियर अब एक चीज़ और भी है कि अगर ये चीज़ विज़ुलाइज़ करने के लिए अगर कंडीशंस के लिए करना होगा तो उस तरह के कंडीशन चाहिए तो कैसे करेंगे कंडीशन कंडीशन मतलब कि मुझे इसके ऊपर फिल्टर लगाना है अगर क्रॉस है तो कुछ मैसेज शो करना है इस तरह तो मेरे गलत होने पे मुझे फॉर्मूले के जरिए किसी और के जरिए मुझे इसको एक अलग दिखाना है कुछ भी अपने आप आ जाए मुझे फिल्टर ही लगाना है ना किसने गलत वाले उसको अलग करना है तो क्या क्रॉस इसमें फिल्टर लगेगा नहीं लगेगा नहीं नहीं क्योंकि तो फिल्टर कभी भी, भी बॉर्डर को पिक नहीं करेगा हाँ कलर है तो पिक कर लेगा बट बॉर्डर को पिक कभी नहीं करेगा सम्झे? समझे समझे तो इसके लिए ऑप्शन होता है कि मेरे पास यहाँ पे कैप्स में पी और ओ होता है पी और ओ दो ऐसे वर्ड होता है इसके ऊपर अगर मैं ब्रिटेनिक बोल नाम का एक मिनट नीचे लास्ट तो बाइनिंग टू करेंगे तो इस तरह के करेक्टर में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है अब में ये दिखता ऐसा है बट एक्चुअल में तो पी और ओ ही है ना हम्म <laughs> हम्म क्या यहाँ देखिए पी है ना तो अगर इस पर इसका फॉर्मल लगाना हो इस पे फिल्टर लगाना हो तो आसानी से किया जा सकता है ना क्या सर राइट राइट राइट राइट ये चीज है अब किसी ने मुझसे पूछ दिया कि सर ये मेरे पास दे दे दे दे दे दे दे दे बोल का फोन ये सॉरी ये तो फोन ना हो तो क्या करूंगा मैं क्या करेंगे सर डाउनलोड कर सकते क्या डाउनलोड तो कर ही सकते हैं ऑफिस में हर जगह डाउनलोड करने का ऑप्शन तो थोड़ी होता सर क्या होता है नहीं होता नहीं होता एवरेज नहीं होता या तो सर मतलब तो आप सुनेंगे तो मजाक उड़ाएंगे लेकिन मैंने इसको इस तरह से सोल्व किया था मैंने कैप्स में जे रखाइट फॉर्मेट सेक्शन में, में एंगल पे रोटेट कर दिया अच्छा माइनस फोर्टी फाइव डिग्री के एंगल रोटेट कर दिया ये भी सही है ये तो सबसे सही है <laughs> और क्रॉस में क्रॉस के लिए तो एक सही है ना इटैलिक कर दिया और हो गया इस तरह की चीजें यूज़ करते हैं लेकिन आपने अभी तक की पिछली क्लासेस की प्रैक्टिस नहीं की है इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे क्लासेस की प्रैक्टिस करें ठीक है जी सर। तो मिलते हैं कल यस yes, सर एक चीज बुझे अभी हम जैसे ये कर रहे हैं सारा मतलब एक तरीके का बेसिक्स वाला पार्ट हो गया ना इसका आप बेसिक कर लीजिए लेकिन